मैंने वो रिमूव कर दी है गलती से क्लिक हो गया था अंडर एटीन वाला चलो आप बेटे दोबारा से सलाम। सलाम। फटाफट शाबाश। बाकी बच्चे भी आ रहे हैं ओके okay, बेटे हम बात करना शुरू कर दिया था हमने हाँ नहीं वो मेरे गलती से ना अंडर 18 वालों को डिस वो कर दिया था यानी डिसेबल कर दिया था तो वैसे मैं नहीं करता वो पता नहीं बटन दब गया था क्या हो गया था खैर एनीवे। anyway, अच्छा हमने बात शुरू कर दी थी दोबारा से हम रिपीट करता हूँ कल हमने वैसल टाइप्स तक डिस्कस कर लिया था और आज बारिम साम आज हम हीमो के बारे में बात करेंगे तो बेटा हीमो होती क्या है हीमो डायनामिक्स आ, ये है कोई भी फ्लूड की जो मूवमेंट से रिलेटेड फिजिक्स हैं फिज़िक्स के जो लॉज हैं ये फिज़िकल लॉज जो हैं उनको हम फ्लूड डायनामिक्स कहते हैं ठीक है कोई भी फ्लूड अगर वो फ्लूड वो ऑयल भी हो सकता है वो वाटर भी हो सकता है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं अगर वो ब्लड हो तो उसको हम हीमोडायनामिक्स कहते हैं यानी इसमें हम ये देखेंगे ब्रीफली कि ब्लड की जो फिजिकल हईत है फिजिकल जो उसकी जो कंडीशन है वो उन फिजिकल लॉज वो कैसे अप्लाई होते हैं ब्लड के ऊपर एज अ फ्लूड ठीक है तो प्रेशर के मामला हैं वॉल्यूम के मामला हैं फ्लो के मामला हैं और रजिस्टेंस के मामला ये वो लॉज हैं जो अब हम ब्लड पे अप्लाई करके देखेंगे कि भाई क्या मामला है ठीक है ना इसमें हमने कुछ बातें मेरा ख्याल है काफ़ी रिपीट करके कर ली हैं ठीक है थीके? आज हम उनको भी जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और थोड़ी सी कोई नई बात भी कर लेंगे ठीक है नई बात खैर आपके लिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने इसका एक डिटेल्ड जूम बेस्ड लेक्चर कर लिया होगा आई एस यू आप अगर आप वो जूम बेस लेक्चर अच्छी तरह देख लेते हो तो उसके बाद बस हल्की फुल्की लेप लेपा होती चाहिए होती है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कोई पूछ लिया सवाल कर लिया कुछ क्लेफिकेशन हो गई तो कुछ मेरे अपना भी एम्फेसिस होता है जिन चीज़ों पर मैं ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाह रहा होता हूँ वो मैं लाइव क्लास में ज़्यादा करता हूँ ठीक है ना तो ये बात आपने एक और हाँ बात आपने ख़ातर जमा रखनी है बेटे कि कोई भी लेक्चर या कोई भी सेशन किसी भी टीचर के साथ मेरा नहीं ख्याल कि कम्प्लीटली कम्प्रेहेंसिव हो सकता है एक कॉन्सेप्ट हो सकता है एक कॉन्सेप्ट को आप पकड़ के मिसाल के तौर पर आप कहें जी मुझे जी ब्लड प्रेशर रेगुलेशन बता दें तो उसके मुतलिक तो हम एक सेशन कर सकते हैं और उसको हम काफ़ी जावियो से मैं उसमें भी ये नहीं कहूँगा कि सारे जाविये मुमकिन होंगे एक क्लास जो कि 60-70 बच्चों की है और एक बंद, बंदा बंदा इधर है वह साठ सत्तर बच्चों को में से हर एक को कंप्रेहेंसिवली समझा सकता है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन ये शायद किसी में अबिलिटी हो आपके इस आ, खाद हसैन में नहीं है ठीक है ना तो मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि कसर हमेशा बेटे रह जाती है किताब का ना कोई रिप्लेसमेंट नहीं है बुक बुक कोई रिप्लेसमेंट नहीं है किताबें जो हैं वो हमसे बहुत समझदार लोगों ने लिखी हैं और किताबों का मामला यह है जो फ़ायदा है किताबों का वो ये कि वो कभी हर वक्त अवेलेबल आपके हाथ में रहती है ठीक है ना तो आप कभी भी बुक उठा सकते हैं लेक्चर तो ये है ना कि जो बिजली नहीं आ रही या फ़ोन डिस्चार्ज हो गया या इंटरनेट का मसला हो गया लेक्चर आप नहीं देख पाए लेकिन ऑलवेज ट्राई टू मेक अ हैबिट कि उसको आप किताब से किसी किताब से उसको आप रेफर करें अब किताब का मामला एम एल टी के लिए और आपके लिए जरा है कम्स टू फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी में सच्ची बात है मैं खुद ओवर द ईयर्स बड़ा स्ट्रगल करता रहा हूँ कि मैं आप लोगों को कैसे गाइड करूँ ठीक है ना जब जहाँ तक मेरे अपने ज़ाती लेक्चर्स का सवाल है तो वो तो हर चीज़ हाजिर है मेरी स्लाइड्स भी हाज़िर हैं लेक्चर्स भी हैं लाइव सेशंस भी हैं लेकिन फिजियोलॉजी उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ है फिजियोलॉजी तो उसके अलावा भी आपको पढ़ाई जाती है और आपने पढ़नी अब उसका क्या किया जाए तो वो वो जो है ना इशू वो ये है ठीक है बेटे आप उसको बता देंदरतलमतहा सिद्र, को प्रजेंट कर दें जी तो किताब की मैं बात करता कर किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया मिनी गाइडन के बारे में तो मेरी गाइडन इज़ अ गुड बुक मैंने उसको भी ये बताया मेरे कहा आप लोगों को बता दूँ मेरी गाइडन इज अ गुड बुक हाउ इट इज़ अ गुड बुक फॉर किड्स हु ऑलरेडी हैव द कॉन्सेप्ट अगर आप एक कॉन्सेप्ट मिसाल के तौर पर अगर आपको ब्लड प्रेशर रेगुलेशन की समझ आ गई भी है आपको समझ आ गई है कि जी बैरोप्टर रिफ्लेक्स आप हाँ आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है फिर तो आप मेरी गाइडन को ना बड़े मज़े लेके पढ़ोगे और आपको समझ भी आएगी और आप उसको रिटेन भी करोगे सो वेलकम बैक या ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है फिर आपको तंग तो वो रिविजन के लिए बना है, याद है छोटी किताब की जो रिविजन वाली किताबें होती है ना उनसे बेटे नहीं बनता होता कॉन्सेप्ट बनता है किसी अच्छी टेक्स्ट बुक से या कम अज कम एक अच्छी रिव्यू बुक से जो रिवीजन वाली किताबें होती हैं है याद है, समझने के लिए अच्छी नहीं होती वो ये वक्त नहीं है आप ना क्विक रिविजन चाह रहे हो इसलिए वहां पर बहरह पसूड़ी है कि आपको कौन सी किताब गाइड की जाए मैं आपको सही बता रहा हूँ एक ये पसूड़ी है कि आपको क्या कहा जाए आपको क्या करवाया जाए कि आपकी जो किताब वाला जो डेफिशिएंसी है वो रही हो जाए, ठीक है? बेटे एमबीबीएस की पढ़ पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं, हैं। बिल्कुल मुझे खुशी होगी आप पढ़ने लेकिन मसला ये है कि वो मुझे लगता है आप पे लोड ज्यादा आ जाएगा आपका सिलेबस उसमें से कम आएगा तो लोड आप ज्यादा पड़ेगा क्योंकि आपके दूसरे सब्जेक्ट ज्यादा है ठीक है ना तो मैं तो आ, मैं ये मशोरा आपको नहीं दूंगा कि आप गाइडन उठा लें टोटल फिजियोलॉजी के लिए हाँ मैं आपको ये ज़रूर कहूंगा कि आप आ, मुझे याद कराना मैं किसी दिन ना आप लोगों के साथ मैं वैसे एक वीडियो मैंने इसकी डाली भी आपके प्रीवियस बैच के लिए जहाँ पे मैं उनको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ वो देखना मेरी प्ले में कहीं पड़ी हुई है वो देख लेना अगर उसमें मैं जो मशहूर कॉन्सेप्ट हैं जिनके पढ़े बगैर आपको इम्तहान का तस्वर नहीं करना चाहिए वो टॉपिक्स आप नोट डाउन कर लो ठीक है और किसी दिन बैठ जाएंगे ठीक है एक सेशन कर लेंगे उस पर और उस चीज को तो मैं एक सेशन आपको कर दूंगा मुझे लेकिन याद आप लोगों ने कराना है एंड में जब मेरे इस इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तब वो मैं ये कहूँगा मैं बता दूंगा आपको रफली कि बेटे फ़लाँ ये वाले जो इस यूनिट के जो टॉपिक्स हैं वो उधर से कर लो इस यूनिट के टॉपिक उधर से कर लो वगैरह वगैरह ऐसे करके तो मैं आपको बता दूंगा आपका मसला इन हल हो जाएगा तो कोई ऐसी बात भी नहीं है कि ये मुमकिन ही नहीं है ठीक है so once again let's come back to मोडा तो हमने इसमें पाँच मैंने प्रिंसिपल लिखे हैं हीमोडा uh, के तो उसमें से इसको फटाफट कर लेते हैं ये क्या है आई होप ये पढ़ लिया हुआ आपने uh, पहला प्रिंसिपल है जनाब प्रेश मोशन डिक्रीज ओवर डिस्टेंस ठीक प्रेशर ऑफ फ्लूड इन मोशन डिक्रीजेज ओवर डिस्टेंस क्यों ये क्यों होता है प्रेशर जो है वो जैसे जैसे प्रेशर से मुराद ये कि एक अब tube है उसमें फ्लूड मूव कर रहा है तो जैसे जैसे वो आगे मूव करेगा जितना वो आगे जाएगा प्रेशर उसका उतना नीचे आएगा वजह <coughs> क्या वजह है बेटे इसकी एनिम बेटे फ्रिक्शन होगी शाबाश शाबाश मैं शाहबाद लेट हो गया कमेंट फ्रिक्शन होगी ठीक है जैसे जैसे वो उस ट्यूब में ये फ्लूड आगे जाएगा ये फ्र... फ्रिक्शन से रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस किस चीज से होगी ज़ाहिर है वो लग रहा होगा ट्यूब की वॉल से लग रहा होगा ज़ाहिर है आपस में भी जो फ्लूड की लेयर्स हैं पता है ना फ्लूड की लेयर्स होती हैं फ्लूड एक बॉडी नहीं होता फ्लूड की अपनी लेयर्स होती हैं फिर वो लेयर्स आपस में भी रगड़ खाती हैं दूसरा वो लेयर्स बैरल जिस ट्यूब में है उसकी वॉल से भी रगड़ खा रही हैं ठीक है तो उसकी वजह से आप जितना चाहे प्रेशर दे दें एक फासले के बाद वो स्लो होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता फ्लो होना शुरू हो जाएगा ठीक है ये बात उस हो रही है जब पीछे से पंप ना लगा हुआ पीछे से एक चीज़ लगातार कुछ की जा रही है फिर तो प्रेशर बरकरार रहेगा लेकिन हम बात कर रहे हैं हमने वैसे ही उसको ऐसे करके छोड़ दिए तो वो थोड़े दूर जाएगा और वो आ रुकना शुरू हो जाएगा ठीक है ये आदत हम डिस्कस कर रहे हैं कि फ्लूड की आदत क्या होती है तो ब्लड की भी फ्लूड की तरह यही आदत है कि वो आपस में भी रगड़ खाता है इन चेंज इन वॉल्यूम तो आप ऐसा कर सको और ये सारी बात अब आपको पता ही है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन याद है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन हार्ट में हमने पढ़ी थी और वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन याद है आपको एक ही ऐसा है आइसो वॉल्यूमेट्रिक आइसियो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन यानी ये कैसी कॉन्ट्रेक्शन है कि आइसो वॉल्यूमेट्रिक है याद होगा आपको और फिर रिलैक्सेशन क्या तो चैंबर जब सीन हो गए थे तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था अभी एओटेकवेल्व खुला नहीं था याद होगा आपको ठीक है उसी को खोलने की सारी ये जुदोजहद जुद हो रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहा था तो ये है कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन आइसो है क्योंकि ये आ, आ, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा लेकिन इसका हरगिज मत, मतलब ये नहीं है कि अंदर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा ठीक है प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा वॉल्यूम सेम है तो यही फिक्रा बना है ना ये देखो सेकेंड फिक्रा यही है प्रेशर चेंजेस इन लिक्विड्स विदाउट अ चेंज इन वॉल्यूम वॉल्यूम बगैर चेंज किए भी आप वो वो जो प्रेशर है वो चेंज कर सकते हैं जो हाँ यही बात है यही जुमला है बिल्कुल ठीक है तो एक ये भी आदत होती है या प्रॉपर्टी है फ्लूड्स की कि जरूरी नहीं कि उनका वॉल्यूम ही एड करें वॉल्यूम ऐड करने से तो प्रेशर बढ़ ही जाएगा लेकिन अगर आप जिस चेंबर में वो कैद हुए हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दें और वॉल्यूम को निकलने ना दे कहीं फ्लूड को तो फ्लूड में क्या होगा उसका प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा ये उसकी एक प्रॉपर्टी है ठीक है तीसरी बात ब्लड फ्लोस फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर डेल्टा पी डेल्टा पी का भी बेटे काफी दफा जिक्र हो चुका ठीक है कि आप अगर एक सतह पे एक फ्लूड को रख दें तो वो वहीं पे रहेगा जब तक आप ढलवान या उठान या मतलब कोई ना कोई आप ग्रेडियंट ना बनाए जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक फ्लूड फ्लो नहीं करेगा ठीक है अब या तो आप उसको ढलवान देते हैं या उसको आप ऐसे खड़ा करते हैं उस तो सरफेस को तो वो फ्लो करके नीचे आ जाएगा या अगर ढलवान देंगे तो फ्लो करके नीचे आ जाएगा ठीक है या अगर आपने हॉरिजॉन्टली रखना है उसको तो पीछे पुश करें उसको पंप लगाएं पिस्टन लगाएं जो चाहे करें फूक मारें ठीक है जो चाय करें आप जब तक उसको डेल्टा पी प्रोवाइड नहीं करेंगे यानी कम से ज्यादा की तरफ आपने उसको ज्यादा पुश करना है और आगे अगर उसको कम प्रेशर मिल रहा है तो वो उसकी तरफ कम प्रेशर की तरफ जाना शुरू कर देंगे ठीक है इसलिए जरूरी है समझना कि हार्ट डेल्टा पी प्रोवाइड करता है ब्लड को और ये ब्लड की जो फ्लो है थ्रू आउट सर्कुलेशन उसी पे मुनसर है उस डेल्टा पी पे जो हार्ट उसको आ, दे रहा है असर कर रहा तीन हमने कर लिए अब मैं यहां पे रुक रहा हूं सवाल कर अगर कोई सवाल है तो कर ठीक है वेलकम बैक ये हम बात आगे करेंगे कि वेन्स में प्रेशर कहां से आता है लेकिन मैं अभी आ, बेटे बुक का अभी जरा थोड़ा ठहर जाओ आम ना ठहर जाओ मैं अभी एक बात कर रहा हूँ बेटे वो मैं कंप्लीट कर लू मैं फिर बुक का ही बताता हूँ बुक का फिलहाल आपको सर्कुलेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है मेरे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है प्लस ये वाले जो लेक्चर लाइव है ये भी रिकॉर्ड हो जाते हैं आप इसको बुक समझें ठीक ना इसमें इंशाला वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो एग्जाम्स या उससे ज्यादा की आपको नॉलेज इसमें से मिल जाएगी ठीक है अगर आपने समझ ली बात दूसरी बात ये है कि आउट से मिल जाएंगे आपको और आपको मिलते रहते हैं ये स्लाइड्स आपको साथ साथ भेजता रहता हूं उन स्लाइड को आप संभाल कर रखें वो आपके नोट अच्छा हाँ वेन का मैं कह रहा था कि वेन में प्रेशर कहां से आता है बाद में बात होगी लेकिन अभी क्योंकि बच्चे ने सवाल कर लिया इसलिए मैं एक शॉर्ट आंसर देने लगा बेटे पहली बात यह है कि वेन्स बैरल कनेक्टेड है आर्टरीज से ठीक है और बीच में कपिलरी नेटवर्क है और ये बात बेहाल हमने कल भी परसों भी की थी कि वो जो प्रेशर ऊपर से आ रहा है ना वही प्रेशर आगे भी जा रहा है एक हद तक वो भी जाता है ठीक है ज़्यादा हद तक नहीं एक हद तक थोड़ी हद तक तो फिर ज़्यादा हद तक क्या होता है फिर कौन है जो ये वेन्स को मजबूर करता है कि चलो भाई इसको अब एंटी ग्रेविटी ऊपर चढ़ाओ आर्ट की तरफ अब उसमें कई फैक्टर्स ठीक है मैं सिर्फ नाम ले रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक एक आगे का टॉपिक है ये मैं बाद में बताऊंगा ठीक है जब हम वो टॉपिक करेंगे लेकिन नाम मैं इसलिए ले रहा हूं लेकिन जिससे सवाल किया उसको कम अज कम यह हो गया जिसका जवाब आ गया था। बेटे मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होती हैं जहां वेन्स होती है ना जिस मसल के नीचे वह दबी हुई होती है वो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो उस वेन को दबाता है जब उस वेन को दबाता है तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है जब उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो वो उसको पुश करती है अब ये ऊपर ही क्यों पुश करती है यहां पे आपने बात याद रखनी है तो ऐसे खुलते हैं हार्ट की तरफ वो ऊपर देख रहे हैं वेन अगर ऐसे जा रही है ना तो उसके अंदर जो वेल्व है वो ऐसे ऐसे ऐसे लगे हुए उनका मुंह ऊपर है स्मूथली बैठे स्केलेटल मसल स्केट मसल तो ऐसे से लगेगा अब जब इधर से ब्लड वो द, जब दबेगा ब्लड ऐसे करके ऊपर उछलेगा ना तो ऊपर वाला बैल्व खुल जाएगा ब्लड उछल के ऊपर वाले सेगमेंट में आएगा जैसे ही वो पीछा नहीं कोश करेगा ये वेल्व बंद हो जाएगा बताए समझ में वो एक सेगमेंट से दूसरी सेगमेंट यानी इधर वो वै, एक बैल्व वेलकम बैक स्कैल्टर मसल ने उसको प्रेस किया वो उछला उसने वेल्व ऊपर वाला खोला अब वो ऊपर वाले चेंबर में गया जैसे ही वो बैक फ्लो करने लगा वो बंद हो गया बैन ठीक है और वो नेक्स्ट सेगमेंट में आ गया तो खैर इस तरह से ना चक्कर चलते रहते हैं इसके अलावा जीआईटी के कुछ मामले आते हैं जब वो पेट पे से गुजर रहा होता है तो ये विसरा जो है ये उसको दबाते हैं ये भी उसको ऊपर उछालते हैं फिर लंग में जब आया था में, तो डायफ्राइम और लंग की मूवमेंट से भी उसको ऊपर आने में मदद मिलती है अगेन ये पूरा एक टॉपिक है बेटे ये बाद में करेंगे बेटे फिर वैरिकोस वेन्स हो जाएंगे आपने शायद देखा हो कुछ बुजुर्गों में या जो लोग वेट उठाते हैं जो लोड उठाते हैं मजदूर उनके पैरों की जो नडे होती हैं वेन्स होती है बड़ी प्रोमिनेंट होती है देखा कभी गौर किया आपने तो खैर नहीं किया होगा गौर लेकिन अगर कोई रिलेटिव है या आपके कोई करीबी रिश्तेदार है तो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं फॉर लायक बच्चे अच्छा ये लेट आया बेटे हम वही पढ़ रहे हैं हीमो पढ़ रहे हैं वो बच्चों ने वैसे एक आड़ा दर्चा सवाल किया तो वो डिस्कस हो रहा है ये रेलिवेंट वैसे नहीं है अभी ठीक है इस बात को इधर ही खत्म करते हैं ठीक है तो वेन्स के हम बाद में बात करेंगे डिटेल से करेंगे आपको मजा आएगा बल्कि अच्छी बात है आप लोग क्यूरियस होते हो जो क्यूरियस बच्चे होते हैं ना वो बहुत पढ़ते हैं अच्छा जी अब हम बात कर रहे हैं हमने पहले तीन प्रिंसिपल्स कर लिए अब हम चौथा प्रिंसिपल कर रहे हैं रिजिस्टेंस अपोजिस फ्लो ठीक है है अब ये रेजिस्टेंस जो है, इसके बारे में कल हमने काफी डिटेल से बात प्रेस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आर्टीरियल आ, आ, आ, ट्री में ब्लड को ट्रैप कर देती है क्यों क्योंकि वो उसमें से ब्लड फ्लो आगे कर नहीं सकता क्यों क्योंकि फ्लो जो है उसके साथ जो रेजिस्टेंस है उसका कोई ज्यादा दोस्ती नहीं है रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ाएंगे तो फ्लो कम हो जाएगा ये भी ये तो ऑब्वियस बात है मोटी सी बात है कल हमने डिस्कस कर भी ली फिर जनाब यानी आखिरी पॉइंट है इसकी एक स्लाइड है आगे उसमें मैं उसको रख के अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक है ये प्रिंसिपल्स की ओवरऑल हमने बात कर ली अब इन प्रिंसिपल्स पे हम में से ये पांच प्रिंसिपल्स हमने मोटे मोटे रिवाइज कर लिए अब हम दोबारा इस पे आएंगे थोड़ी देर में अभी एक बीच अगर आप हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं तो एयर टर्बुल चीज होती है वो क्या होती है हवा में कभी कभार कुछ एयर पॉकेट बन जाती है या समझ लो हवा च... तेज़ किसी जगह ना हवा तेज़ होती है या किसी जगह हवा का प्रेशर कम होता है तो प्लेन जो है ना वो हिलना जुलना शुरू हो जाता है बड़ा डर लगता है बस सही बात अल्लाह फौरन याद आ जाता है जिसको नहीं भी याद आता ना उसको भी याद आ जाता है जब प्लेन हवा में और वो हिलना शुरू हो जाए है उसको एयर ट्रिब्यूनेंस कहते हैं यानी डिस्टर्बेंस आपने गड़बड़ कर दी है कुछ सही नहीं काम हो रहा स्ट्रेट बात हो रही गड़बड़ हो रही इसे तो किसी ना किसी वीडियो में तो देखा होगा ठीक है वैसे मैंने आज एक वीडियो लगाई है, वो मेरी खुद मैंने उसको खुद किया है। मैं जब हुंजा गया था दो हजार चौदह में गया था तो वो हुंजा रिवर की बहुत उसको अगर आप आवाज कम करके सुने तो बड़ी सूदिंग है वो वो मैंने आज सुबह मैंने कहा चलो बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स भी करना चाहिए लेकिन आप ये देखें कि उसमें जो शोर है वो बहुत ज्यादा शोर है दरिया में दरिया में बैठे शोर क्यों होता है चलो यादो नदी में हमारी नहर में लाहौर की इसमें शोर नहीं है दरिया में शोर है चलो वजह बताओ उस दरिया में टर्बुल्स दरिया वैसे खामोश भी होते हैं दरिया नीलम भी मैंने देखा हुआ है दरिया नीलम बड़ा खतरनाक दरिया है क्योंकि वो खामोश है वो गहरा बड़ा है आपको लगता है ऐ नहीं है आप उसको लाइटली लेते हो लेकिन बहुत खतरनाक दरिया है बहुत जाने लीजिए उसमें यह बेचारा जो है हंजा ये बहुत शोर मचाता है नहीं वो तो है प्रेसर ज्यादा एक बात हो गई मरियम शाबाश अरीज यह सियासी जवाब ना दो ना मूवमेंट टर्बिले जवाब है मैं वजह पूछ रहा हूँ किस चीज़ की डिस्टर्बेंस है वाटर को क्या मुसीबत पड़ी है उस दरिया में वो जो मैंने आपको बताई है क्यों ज्यादा होती है ये तो पूछ उसमें बेटे पत्थर है स्पीड भी है एक तो स्पीड है और पत्थर है पत्थरों से पानी टकरा रहा है हाँ जी और वहां से उसने अपनी राब अब दरमियान में पत्थर आ गया अब समझो एक शीट जा रही है पानी की दरम्यान में उन्हें पत्थर रख दिया तो पहले तो पानी उससे टकराएगा ना पहले पानी उससे टकराएगा फिर दो पार्ट में तकसीम होगा कुछ पार्ट ऊपर से जाएगा पत्थर के कुछ साइडों से जाएगा अगर पत्थर बिल्कुल सख्त हुआ है नीचे से नीचे से, नीचे से तो नहीं जाएगा लेकिन तीन साइडों पे तकसीम होगा एक शीट ऑफ वाटर आ रही थी लेकिन वो तीन साइडों में तकसीम हो गई टकर टक्कर के बाद इससे जो शोर पैदा होता है उसको टर्बील कहते इसलिए दरिया जो पत्थरों पे से गुजरते हैं वो बड़ा रौला डालते हैं जो दरिया रास्ते में जिसमें पत्थर नहीं होते या कुछ और मसला नहीं होता बिल्कुल चुप करके फ्लो करते ये बात याद रख फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है जिसने तो मुझे कहा ना कि वेल्व के बंद होने से होती है उसको मैंने इधर से डंडा मारना है हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है मैंने पढ़ाया है ये आपकी क्लास को बताओ बल्कि ये मैं वो अच्छे वक्तों में 600 साल पहले जब फिजिकल क्लासे हुआ करती थी <laughs> ये देखो कोमल बेटा समझ लो आपके सर पे मैंने डंडा मार रहा है सर। बिल्कुल नहीं ये पार्ट ऑफ द आंसर है इसकी वजह से शोर नहीं मचता मरियम और अरीज करीब करीब आ गए कोमल को डंडा पड़ने के बाद हाँ। Almost there. Almost there. कैसे अब आप समझे फर्स्ट हार्ट साउंड है ठीक है फर्स्ट हार्ट साउंड में वैलिकल अंदर खुला आता था ना अब उसको आप क्लोज कर रहे हैं लेकिन ब्लड अभी भी एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर ही आ रहा है तो ये जब क्लोज होगा तो ये फ्लो ऑफ द ब्लड को अपोज करेगा ये बंद हो बंदो ना बंद हो रहा है ऐसे ऐसे करके बंद हो रहा है वो, वो ही पत्थर वाली ब्लड इन वेल्स की वजह से डिस्टर्ब होगा वो शर्ष करके अंदर आएगा उससे टर्बुलेंस बनती है नहर में पानी जा रहा है उसको आप आहिस्ता आहिस्ता एक वर्टिकल डोर से जरा बंद करने की कोशिश करो देखो फिर पानी कितना शोर में है क्योंकि पानी तो अपनी फोर्स से आ रहा है तो आपको समझ आ गई ये टर्बिनल्स क्या होती है तो एक बेटे लैमिनर फ्लो होता है स्मूथ फ्लो जिसे कहते हैं एक होता है टर्बिनेंट फ्लो लैमिनर फ्लो होता है जो बिल्कुल अच्छा नाइस फ्लो होता है तय तय बर तय यानी फ्लोइड है वो वो फ्लो कर रहा है तो वह अपनी तहों में ही फ्लो कर रहा है कोई मसला नहीं तेहू के दरम्यान हल्का फुल्का फ्रिक्शन होता है लेकिन वो आराम से ना फ्लो करता जा रहा है ऐसे ऐसे करके कोई बस फ्रिक्शन ही हल्की पुल्की और कुछ मसला नहीं इससे कहते हैं हाँ ये आइडियल है ये हमारे बॉडी में ज्यादातर फ्लो लेमर ही होता इसके मुकाबले में एक चीज होती है टर्बुलेंट फ्लो अब अगर पेशेंट को एथ्रोस्क्लेरोसिस है एथ्रोस्क्लेरोसिस क्या होती है? क्या होती है बच्चों ब्लड रुकावट वजह ब्लॉक ऑफ आर्टरीज़ वजह कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टरीज़ वजह ब्लड ऑफ़ आर्टरीज़ लिपिड फ्लूड वेरी गुड दुआ और अरीबा का आप मिला ले जवाब डू टू लिपिडिशन इसकी वजह yes. से बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल जमा होना है जिसकी वजह से अंदर घूमड़ा सा बन जाता है ये घूमड़ा जब इतना बड़ा हो जाए कि वो ल्यूमन के अंदर अब हेलो करना शुरू कर दे ल्यूमन के अंदर आना शुरू कर दे ये ल्यूमन है ये बन रहा है उसकी वॉल के अंदर गोमड़ा बन रहा है और ये हम सब खुश होने की जरूरत नहीं है यहां तक भी ठीक है अगर थोड़ी सी आउट थोड़ा सा बल्ज है लेकिन मसला उसके बेटे क्रिएट हो जाता है जब ये जो बल्ज है ना आप समझ लो ये बल्ज है ये बल्ज है समझ लो इसकी जो सरफेस है ना ये उसको जरा सा तोड़ देता है वो ज्यादा प्रेशर है ना तो प्रेशर डालता है उस पर प्रेशर डालता है डालता है डालता है डालता है ये बन गया। स्मूथ हैं, वो रफ होते हैं फाइबर और कॉलेज मसल आर्टरी की वॉल का हिस्सा है तो पहले तो उनको आपने ऊपर आराम से तय लगा के रखा हुआ लेकिन अब आ, आगे से एंडोथीलियम टूट गई है थोड़ी सी ये बाहर लटकना शुरू हो जाते हैं जब ये लटकना शुरू हो जाते हैं तो ब्लड इनके साथ आके फिर क्लॉट बनाता इस सारे सिलसिले को एथ्रोसिस कहते हैं कि जब आर्टरीज अपने डायमीटर क्योंकि बड़ी हो जाती है आपको सारा एक्सप्लेन किया है ना कि वो इतना कर दे कि आगे वो एंडोथिलियम तोड़ दे ये उसकी एडवांस स्टेज है उसको अगर आप दो स्टेप पीछे आ जाए कि अभी सिर्फ गोमड़ा बन रहा है और वो काफी बन चुका है वॉल के अंदर इतना बन गया है कि उसने लूमन को काफी पतला कर दिया है जी बेटे कोरोनरीज में अगर यह हो तो ये नंबर वन कॉज है हार्ट हार्ट अटैक अटैक का बिल्कुल ऐसे ही होते है। ठीक है अभी है अभी थोड़ा टाइम इस तो सलाम हो रहा है पांच मिनट अभी है हम ये वाला काम कर लें तो बेटे टर्बुलेंस उसको पैदा होती है जब ब्लड एथ्रोसोरो गुजर रहा हो वहां पर क्योंकि वो घोबड़ा बैठा हुआ है तो वहाँ से फिर उसको डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है तो लैमिनल फ्लो ख़त्म हो जाता है वहाँ पर टर्बिलेट फ्लो शुरू हो जाता है टर्बिलेट फ्लो इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज वो क्लॉट फॉमेशन जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वीडियो में मैं भूल ही जाता हूँ मैंने वीडियो में सारा एक्सप्लेन भी किया हुआ तो वो थ्राम्बस वहां बनना शुरू हो जाता है ठीक है ना और एम्बुलेंस उसको कहते हैं जब उसका कोई टुकड़ा टूटता है और वो कहीं चल पड़ता है फिजिकली चल पड़ता है वो कहीं जा किसी छोटी मोटी आर्ट्री जैसे कि कॉर्नरी में या सिरीबल वैसन फांस फूस जाए तो मुसीबत बढ़ जाती है तो टर्बुलेंस इज़ बैड टर्बुलेंस इज़ मेजर्ड बाय दिस थिंग कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर एंड इट डिपेंड्स ऑन रिनोल्ड नंबर का फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है, वो देख लेना मैंने डिस्क्राइब भी किया हुआ है, वो डिपेंड करता है विलोसिटी ऑफ ब्लड से अगर ज़्यादा है तो टर्बुलेंस ज़्यादा हो सकती है डायमीटर जो है वो उससे भी ज़्यादा हो सकती है ठीक है और विस्कॉसिटी वगैरह से टर्बुलेंस कम होती है जितना ज़्यादा विस्कस आ, भारी फ्लोइड होता है उसमें उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करना मुश्किल होता है क्योंकि उसका वेट होता है उसको हिलाने में मसला होता है तो पानी की ज्यादा टर्बुलेंस होगी अगर पानी को एक ट्यूब में से गुजारा जाए शहद को गुजारा जाए यही शहद जो आमजाम मिलता है या मोटर ऑयल जो आप मोटरों में ऑयल ऑयलम बैक पानी पतला सा शहद या मोटर ऑयल आसानी से टर्बुलेंस किसमें पैदा हो सकती है बिल्कुल कोमल शाहबाश नहीं बेटा मोटर ऑयल में नहीं होगी ना मोटर ऑयल में तो बड़ी मुश्किल से होगी वो थिक हो थे पानी सबसे सब पतला है वो सड़छ ज्यादा करेगा मोटर ऑयल नहीं करेगा वो भारी है ठीक है चलो उसको देख लेना ओके। अब हमारे पास दो मिनट बिफोर अजान तो मैं बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि रेजिस्टेंस अपोजिस कंडक्टेंस की स्लाइड आ गई है मेरे सामने इसमें फोर्थ पावर लॉ है वो मैंने बेटे वीडियो में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है प्लीज़ उसको देख लेना फर्क उसमें से जो बात नोट करने वाली है वो ये है कोई बात नहीं बेटे कोई बात नहीं इट्स ओके okay, हो जाता अच्छा जी आप ओम रोम अभी थोड़ी देर में करेंगे उसमें बताना क्या पढ़ा तुमने तो रेजिस्टेंस के बारे में बात हो रही है फोर्थ पावर लॉ अजान हो गई बच्चों ब्रेक ओके बच्चे का कब लगा रहे ओके जनाब अच्छा नेट का इशू आ, कोई बात बेटा सवाल जवाब जो है ना वो तो आपको ऊंचा उड़ाने के लिए ठीक है ना मुझे पता है कि बच्चे लायक है आपकी क्लास बहुत अच्छी क्लास है तो और मुझे पता है कि इसमें एक डिले का भी मामला होता है कमेंट्स में डिले आता है आई अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल ठीक है ना तो लेकिन अच्छी बात यह है कि हम एज ए ग्रुप पढ़ रहे हैं आप समझे हम एक सर्कल में बैठे हुए हैं आप इमेजिन करें हम एक सर्कल में बैठे हुए हैं ठीक है मैं भी उस सर्कल का हिस्सा हूँ हम सब मिलके ही पढ़ रहे हैं ठीक है ना तो उसमें कोई सवाल कर लेता है कोई जवाब दे देता है उसमें कोई सवाल कर लेता है कोई जवाब दे देता है ठीक है ना अच्छा एनी तो रेजिस्टेंस अपोजेज कंडक्टेंस ठीक है ना रेजिस्टेंस ऑब्वियसली कंडक्टेंसिया फ्लो को अपोज करती है यह बात तो हमने तय कर ली है लेकिन इनके अंदर एग्जैक्टली exactly रिलेशन है क्या ठीक है वो जो है ना फोर्थ पावर लॉ वेलकम बैक डायमीटर में अगर आप एक डिग्री चेंज करें या एट एक यूनिट डायमीटर चेंज करें तो जो फ्लो है वो वो सोलह यूनिट चेंज होगा यानी वो चार गुना चेंज होगा चार गुना चेंज होगा अगर आप डायमीटर दो से चार यूनिट करें तो फ्लो 226 यूनिट चेंज हो जाएगा यानी हर चीज को अपने चार गुना करना यानी रेस टू पावर फोर है रेस टू पावर फोर ठीक है, है ना यानी आप मैथ की तरफ ना जाओ आप इसको ना फिजिकली इमेजिन करो आप इमेजिन करो एक आर्टरी है ठीक है आर्टरी को आपने आ, सिर्फ एक यूनिट या एक आ, जो भी इकाई है आपने इसको डायलेट किया एक एक यूनिट डायलेट किया तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उसमें जो फ्लो है वो चार गुना बढ़ जाएगा फोर यस yes. या इसका दूसरा दूसरी साइड क्या है अगर आपने उसको एक यूनिट कंस्ट्रक्ट किया है तो ब्लड फ्लो एक यूनिट वो रिड्यूस नहीं होगा हो ये बड़ी पावरफुल बात है। तो वो जो हम बात कर रहे थे ना हमने कल रहनुमा असूलों में एक बात की थी कि वेसल के, के डायमीटर को चेंज करके बॉडी बहुत से काम लेती है प्रेशर के और फ्लो के यही बात यही बात फोर्थ पावर लॉ कहते हैं उसको कि डायमीटर में और फ्लो में चार गुना वाला मामला है कुलिया है जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया ठीक है ये है मोटी बात इस वाली स्लाइड ठीक है आगे चलते हैं अच्छा हाँ स्ट्रॉन्ग सिंपथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो रिजिस्टेंस को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकती है क्योंकि वो आर्टीरियल को बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्ट कर सकती है समझ आ रही बात तो अगर आप स्ट्रॉन्ग सिंपथेटिक स्टिमुलेशन करें तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्लो बिल्कुल जीरो हो जाए या बहुत कम हो जाए वो बिल्कुल ही आर्टीरियोल्स को कंस्ट्रक्ट कर दे तो लॉ जो है वो वो लॉ क्या है वो लॉ है कि डायमीटर जो है फोर टाइम्स फ्लो को इफेक्ट करेगा तो सोचो अगर आपने डायमीटर बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया है तो फ्लो तो बेचारा कब का रुक गया होगा या बहुत ही कम हो गया होगा तो ये बात अब कह, आप कहेंगे इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दें कोई वही रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाली बात जहाँ ब्लड लॉस हो गया ज़्यादा अगर किसी बेचारे का बॉडी क्या करेगी बॉडी इंटेंस तरीके से सिंथेटिक स्टिबुलेशन करेगी और ब्लड को पेरीफ्रल जितने भी टिश्यूज हैं ये लिम्स मसल्स ये वो जी आई इन सारों को ब्लॉक कर देगी इंटेंस सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन उनके आर्टीरियोज को ब्लॉक करेगी तालाबंदी कर देगी ताकि ब्लड जो है जितना भी है अब वो डाइवर्ट हो जाए हार्ट की तरफ और ब्रेन की तरफ वाइटल ऑर्गन वाइटल ऑर्गन तरफ डाइवर्ट हो जाए बंदा बचेगा तो फिर आगे मसल यूज करेगा ना ये वजह में हुई हो वो जो बच्चा जिसको का सा मसला हो रहा था मम्मी मैं बात करता हूँ समझ आ गई ओह लॉ सिंपली बेटे कहता है ओह आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में कि जनाब अली फ्लो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ग्रेडियंट से जितना आप वो तो आपने अपने वोल्टेज का पढ़ा होगा इतनी वोल्टेज आप ज्यादा देंगे एक तरफ कम होगी एक वोल्टेज ज्यादा होगी तो वो उतना ही करंट फ्लो करेगा यही पढ़ा होगा ना आपने और जितनी रेजिस्टेंस आप फ्लो पे के ऊपर लगाएंगे उतना ही वो कम फ्लो करेगा करंट यही बात है तो करंट फ्लो और फ्लूड फ्लो सेम चीज़ ओहम्स वो वाला जो है ना वो फ्लूड पर भी अप्लाई होता आप जितना ज्यादा डेल्टा पे देंगे उतना ज्यादा वो फ्लो होगा ठीक है और जितनी ज्यादा रजिस्टेंस करेंगे उतना वो कम फ्लो होगा तो बटे के ऊपर जो है वो डायरेक्ट uh, प्रोपोर्शन uh, है सो फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोशनल टू डेल्टा पीक एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस्टेंस ये तो ऑब्वियस बात है ठीक अब बात आती है पॉइज़लीज़ लॉ की तो पॉइजलीज लॉ भी फ्लो को या कंडक्टेंस को ही एक्सप्लेन करता है लेकिन ये uh, चलो मैं आपसे पूछता हूँ ये चॉकलेट क्वेश्चन है रेडी हो पता नहीं मैंने बताया होगा शायद वीडियो में मैं चॉकलेट गंवा बैठ हुए हैं लेकिन चलो कोई बात नहीं आई एल टेक द चांस ओह लॉ भी फ्लो से रिलेटेड है पॉइलीजॉ भी फ्लो से रिलेटेड है फर्क क्या है दोनों जवाब चॉकलेट क्वेश्चन जो है फॉर्मूले वो तो आ, को या फ्लो को ही डिस्कस कर रहे हैं बेटा बारीकी में नहीं जाओ बारीकी में चॉकलेट नहीं है चॉकलेट दूरी में है दूर से देखो अब तुम लोग सारे एक एक करके वो गिरवाओगे, ओके? उसमें क्या है उसमें क्या है ये तो शाम हो जाएगी तुम लोग सारे एक एक करके गिनवाओगे ना शाम हो जाएगी चलो चॉकलेट मेरी हुई मैं ही खाऊंगा चॉकलेट अब ठीक है ना मैं आंसर देता हूँ अगर आप गौर करें भाईजान ओहम्स लॉ इज़ क्यू इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर आर ठीक है आ, तो उसमें जो जिक्र हो रहा है वो जिक्र हो रहा है उन चीज़ों का जिनका ताल्लुक फ्लुइड से खुद से नहीं है दस मिनट फ्लुइड से खुद से नहीं है डेल्टा भी खुद तो फ्लूड नहीं ना बनाता डेल्टा भी तो कोई और बना रहा है ना बैठे पंप लगा रहा है बम बना रहा है दूसरा रेजिस्टेंस भी फ्लूड बेचारे की अपनी छोटी मोटी होगी लेकिन असल रेजिस्टेंस तो वेसल से ही आती है ना समझ आ रही है बात ओह लॉ रिलेट्स टू थिंग्स विच हैपन ऑन द फ्लूड नॉट ड्यू टू फ्लूड चॉकलेट की राहें मुश्किल हैं बच्चों हाँ जी अब आप जरा पॉइज़लीज़ लॉ पर गौर करें पॉइज़लीज़ लॉ इन चीजों के अलावा ब्लड की जो अपनी क्वालिटीज हैं विस्कोसिटी, डेंसिटी वगैरह वगैरह उसको भी इनकोपरेट करता है तो पॉइजलीज लॉ बेसिकली उन तमाम महर्रिकात को अच्छी तरह से कैप्चर करता है जो एक फ्लूड इनकाउंटर करेगा अगर वो फ्लो करेगा किसी एक फ्लूड से हाँ जी कहा था था था लेकिन लेकिन आपने इसकी उसका नहीं बयान किया था। मैंने था, मैंने सुनना कि दोनों लॉज में में मेन फर्क फर्क क्या है में तो फर्क है बारीकियों तो मोटा फर्क क्या है मोटा फर्क यह है कि ओहम्स लॉ फ्लू को लिफ्ट नहीं कराता चलो मोटी मोटी बात है तेज तो सुन लो ओह लॉ में फ्लूड पानी हो शहद हो लिक्विड हो जो चाहे हो सही में हरी बात पॉइज़लीज़ लॉ ये भी देखेगा कि हाँ भाई डेल्टा पी भी ठीक है रेजिस्टेंस भी ठीक है। बाय द वे आ, ये जो पॉइज़लीज़ लॉ है इसमें जो आर है वो स्मॉल आर है अगर आपने गौर किया हो ये आर रेडियस का है ये रेजिस्टेंस का नहीं है ठीक है ये रेडियस का आर ठीक है तो डेल्टा पीक पॉइसिज देख लेता है बाकी जो सारे मामला आते हैं वो लेंथ देखेगा वो भी चलो लेकिन वो फिर दो चीजें जो देखेगा ना ये जो डेंसिटी देखेगा ये इसको बड़ी उसने एक वैल्यू देनी ठीक है तो ये बात हो गई इसलिए मैंने वो दो एग्जांपल्स दी थी आपको एक चॉकलेट मिल्क शेक की थी और स्ट्रॉ जनाब जो है वो छोटा पतला लंबा कर दिया आपने तो बस आप पी लें आप इसको तीन दिन लगा के पिए हैं जी अगर आपने इसको जल्दी जल्दी पीना है तो आपने कुछ छोटी ट्यूब यूज करनी है जिसका डायमीटर बड़ा हो ठीक है ना वो सारी बातें मैंने उस पर बड़े मजे ले लेके की हैं प्यास भी लग जाएगी और रू के लिए आप छोटा लंबा स्ट्रॉ स्ट्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है ये खैर फ्लो की बातें हो गई आखिरी बात डिपेंड्स ऑन फ्लो रेट एंड क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे मैं एक बड़ी डिटेल से मैंने वो एग्जाम्पल दी है पत्ते की जो पानी पे बह रहा है एक नहर में ठीक है ना अब ये पता जो है ये अगर ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ पे पानी को दोनों जगह से या एक जगह से कोई पुश मिला कोई टैनी गिरी हुई है कोई कंस्ट्रक्शन हुई हुई है तो वहां जो है वहां टर्बुल्स बनेगी वहां नैरो होगा पाथ में पानी का तो पानी की स्पीड तेज हो जाएगी कहने का मकसद यह है कि जहां पे आपने कर दिया सरफेस एरिया छोटा वहां पे फ्लो रेट तेज हो जाएगा जहां पर आपने सर्फेस एरिया बढ़ा दिया वहां पर नीचे आ जाएगी ठीक है नहीं ये अवामिल है आप जहाँ से फ्लूड को गुजार रहे हैं ये उसकी उसकी बात हो रही है फ्लूड कांस्टेंट है फ्लूड चलो एक तरह का है वाटर ले लो वाटर को अगर आप एक नैरो जगह से गुजारते हो तो उसकी वेलोसिटी तेज़ हो जाएगी अमाउंट कम होगा लेकिन उस जो भी अमाउंट उसके अंदर सुरंग के अंदर घुसेगा उसकी विलासिटी तेज़ हो जाएगी ये मुशाह आप कर सकते हैं आराम से कि आप अगर नदी है या कोई नहर है या कोई फ्लोइंग वाटर है उसको आप किसी पतरी सी जगह गुजारें तो जो पीछे वो बेचारा आराम से आ रहा होगा जब वो पथरी सी जगह से गुजरेगा वहाँ शोर भी डालेगा और वहाँ उसकी स्पीड और भी तेज हो जाएगी ठीक है इसका एक और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है आप जब अपने लॉन को पानी दे रहे हो तो आप अगर स्लो पानी हो वो रकम आपके दबाने की वजह से वो जेट बन जाता है <laughs> चलो तो बात यह हो रही है कि क्रॉस सेक्शन एरिया और फ्लूड की जो फ्लो फिलासफी है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप है जितना ज्यादा सरफ़ेस एरिया बढ़ाएंगे आप अब इसी तरह से अगर पतली सी सुरंग के बजाय उसको बड़े से जगह से गुजारें बड़ी सी जगह से गुजारे पानी को तो उसकी वेलोसिटी ट्रंग करके नीचे आ जाएगी ध्राम से नीचे आ जाएगी ठीक है ये है जी क्रॉस सेक्शन एरिया और फ्लोरेट में फर्क ठीक है इसके साथ ही हमारी नशरियात का आज अख्तितम होता है ठीक है उम्मीद है कि आपको मामला समझ आ गए होंगे हमने पूरा माशा आज टाइम पे एक मिनट हो रहे हैं हाँ, बेटे मेनली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लू है उसको पॉइज़लीज़ लॉ डील करता है mainly. ठीक है सारे बात को नहीं पॉइज़लीज़ लॉ डील करता क्योंकि सारे लॉ को ओम लॉ भी नहीं डील करता उसमें फ्लो बलॉसिटी और जो क्रॉस एक्शन एरिया उसको अलग से आपको पढ़ना पड़ता है ये फॉर्मूला मैंने उसको दिया हुआ स्लाइड में और ये स्लाइड आपके पास आ गई हैं बच्चों ने मुझे पहले थैंक यू करना शुरू कर दिया है लगता है खाना खोल गया बच्चे अब जा रहे हैं ठीक है चलो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी और इस बीच में आपको अगले लेक्चर की वो सारे वीडियोस वगैरह भेज दूँगा ठीक है बेटे ओके तो अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफि अलग